मांगूंगा नहीं ये हार एक विराम है जीवन महासंग्राम है तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैलूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं स्मृत सुखद प्रहरों के लिए अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं क्या हार में क्या जीत में क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में